जय हिंद ये बाल विकास का पार्ट 9 है जो लोग एक से आठ तक के भाग नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और यदि उनको चैनल पर ना मिले तो यहाँ पर एक आई बटन बना होगा उस पर वीडियो बनकर आता होगा उस पर जैसे आप क्लिक करोगे आप सीधे वीडियो पर पहुंच जाओगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न पूछे गए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के साथ तो कमेंट बॉक्स में पूछा गया था सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है किससे संबंधित है ये पूछा गया था और ये यूपी टी ई में 13 में पूछा गया था ऑप्शन एक था अभ्यास कार्य से बी परिणाम की अपेक्षा से सी प्रशंसा से या फिर डी तत्परता से तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को लगाना चाहिए था ऑप्शन डी तत्परता से प्रश्न नंबर 27 सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं इसमें कारक बताने हैं कौन कौन से हैं जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं ऑप्शन ए अनुकरण ऑप्शन बी प्रशंसा एवं निंदा ऑप्शन सी प्रतियोगिता या फिर ऑप्शन डी ये सभी तो इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए आप लोग तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ये तीनों कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं प्रश्न नंबर 28 बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है ऑप्शन ए बालक की का ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन बी पुरस्कार एवं दंड। सी एवं सी प्रशंसा डी उपयुक्त सभी आप लोग अपने पेपर पेन लेकर बैठे होंगे उसमें गैस करिए कौन सा सही होगा उत्तर फिर आखिरी में मैच करना की कितने उत्तर सही हुए तभी प्रैक्टिस का आपको लाभ मिलेगा तो प्रश्न नंबर अट्ठाईस का राइट right आंसर है ऑप्शन डी ये सभी प्रश्न नंबर उन्तीस पियाजे मुख्यतः रिक्त स्थान है भरना है बीच में के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं मतलब ये है कि पियाजे किस क्षेत्र के योगदान में योगदान के लिए जाने जाते हैं ऑप्शन ए भाषा विकास के लिए ज्ञानात्मक विकास के लिए नैतिक विकास के लिए या फिर सामाजिक विकास के लिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग अपने लगाइए तो प्याजे का संबंध आप लोगों को पहले से पता होगा ज्ञानात्मक विकास से है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ज्ञानात्मक विकास प्रश्न नंबर 30। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास से तो उत्तम स्थान कहाँ है या उत्तम स्थान कहाँ पर होता है आप सने तो खेल के मैदान में बी सभागार में सी घर में या फिर डी विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण इसमें आपको बताना है कि संज्ञानात्मक विकास बालक का सबसे अच्छा कहां हो सकता है किस स्थान पर हो सकता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी विद्यालय में विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण में संज्ञानात्मक विकास हो सकता है सबसे अच्छा बच्चे का प्रश्न नंबर इकतीस व्यवहार में होने वाली स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है क्या कहा जाता है ऑप्शन ए सीखना बी सोचना सी क्रिया करना या फिर डी कल्पना करना इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सीखना प्रश्न नंबर बत्तीस थर्णाई के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है क्या है आधार ऑप्शन ए शारीरिक गठन एवं शक्ल सूरत बी रचनात्मकता और मौलिकता सी समायोजन और वृद्धि डी चिंतन और कल्पना प्रश्न नंबर बत्तीस इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चिंतन और कल्पना प्रश्न नंबर तैंतीस निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध बी प्रतीपकारी अवरोध सी प्रतिबोधित अवरोध या फिर डी प्रति अवरोध प्रश्न नंबर 33 का सही जवाब या सही उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी ऑप्शन प्रतीपकारी अवरोध प्रश्न नंबर 34 पावलाओं ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर किया था ऑप्शन एक खरगोश पर बी चूहे पर सी कुत्ते पर या फिर डी बिल्ली पर बताइए पावलाव ने किस पर प्रयोग किया था किस जानवर पर तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कुत्ते पर पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था प्रश्न नंबर पैंतीस प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से किस में भिन्न होता है बजाय किसके यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह रिक्त स्थान भरने हैं तो ऑप्शन ए मात्रा और प्रकार बी आकार और मूर्त परखता सी प्रकार और मात्रा डी आकार और किस्म बताइए आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रकार और मात्रा यहाँ पर प्रकार भरा जाएगा यहाँ पर मात्रा प्रश्न नंबर 36 वायु गोश्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वायु गोश्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं ऑप्शन ए जब पुनर्वलन प्रदान किया जाता है तब सीखते हैं या जब परिपक्व होने से सीखते हैं या फिर अनुकरण से सीखते हैं या फिर वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से सीखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताइए तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके बच्चे सीखते हैं वायुगोष की ये कहते हैं प्रश्न नंबर सैंतीस सीखना क्या है आपको बताना है सीखने की परिभाषा क्या है आप सन सीखने वाले के संवेदों से प्रभावित नहीं होता है बी संवेदों से छीण संबंध रखता है सी सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है या फिर डी सीखने वाले के संवेदों से प्रभावित होता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सीखने के संवेदों से प्रभावित होता है सीखने वाले के संवेदों से प्रभावित होता है प्रश्न नंबर अड़तीस प्याजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है ऑप्शन ए भाषा की बी पुनर्वलन की सी भौतिक विश्व के साथ अनुभव की या फिर डी अनुकरण की पियाजी के अनुसार बताना है प्रश्न नंबर अड़तीस आप लोगों ने टिक कर लिया होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भौतिक विश्व के साथ अनुभव प्रश्न नंबर उन्तालीस पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है ऑप्शन ए अमूर्त चिंतन की योग्यता ऑप्शन बी त्मक निष्कर्ष चिंतन ऑप्शन सी लक्ष्य उद्देश्य व्यवहार की योग्यता या फिर ऑप्शन डी दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता प्रश्न प्रश्न नंबर इस, का सही, उत्तर आप लगा लिया होगा। इस का सही उत्तर है ऑप्शन सी लक्ष्य उद्देश व्यवहार की योग्यतालीस वायु गोष्ठी के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है किससे पृथक नहीं किया जा सकता है ऑप्शन ए उसके सामाजिक संदर्भ से ऑप्शन बी अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से ऑप्शन सी पुनर्बलन से या फिर ऑप्शन डी व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में हम इसका आंसर देंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए